जो तो वक्त के साथ चलता है वक्त भी उन्हीं का साथ देता है वक्त नूर को बे नूर बना देता है थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है हर कोई चाहता है बादशाहत की जिंदगी जीना लेकिन वक्त सबको मजबूर बना देता है वक्त पे वक्त की जो बात करता है प्यारे वक्त उसी को कोई नूर बना देता है